तीन गुना तक अधिक पैसा कमाएँ बिल्कुल सही आपने जो थम पे अभी देखा है ना तीन गुना तक एक्स्ट्रा पैसे कमाएं बिल्कुल सही देखा है तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और वो कैसे कमाना है इस वीडियो को पूरा देखिएगा मेरा नाम संदीप वर्मा है आप लोगों का स्वागत है डिजिटल संदीप सेवन पे तो मैं आज आप लोगों को यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि आप लोग तीन गुना तक थ्री मनी कैसे कमा सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं ठीक है क्वाइन डी का नाम आपने सुना होगा अगर नहीं सुना होगा तो क्वाइन डी का यूज़ हम लोग जनवरी ट्रेडिंग करते हैं ठीक है ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग करते हैं ठीक है क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है और इसके बारे में हम जानेंगे कि कॉइन डी क्या है और ये इस पर हम ट्रस्ट क्यों कर सकते हैं और तीन गुना पैसे हम कैसे कमा सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं और हम देखते हैं इंडियाज़ सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन नॉ इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो यूनिकॉर्न ठीक है और यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वाइन डी सी कमिटेड टू मेक क्रिप्टो करेंसी एसिसबेल टू द इंडियन ऑडियंस विथ सिंपल सिक्योर एंड कंप्लीट एंड सोल्यूसन जो आपको यहाँ पे सिंपल एंड सिक्योर बनाता है अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्टिव यूजर्स कितने हैं सेवन मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं ठीक है, है। ट्रेडिंग वैल्यूम जो है वो फोर्टी मिलियन का ट्रेडिंग वैल्यूम चल रहा है और वेटेड क्वाइन जो है फिफ्टी प्लस आप खुद सोच सकते हैं और यहां देख सकते हैं सिक्योर्ड बाय बिट के द्वारा सिक्योर्ड है एंड आईसीओ के द्वारा सर्टिफाइड है ठीक है आईसीओ के द्वारा सबसे बड़ी चीज़ है कि आईसीओ के द्वारा सर्टिफाइड है तो इससे बड़ा कंफर्मेशन आपको कहां पर मिलेगा ठीक है सिंपल सिक्योर एंड कॉम्प्लीमेंट क्वाइन डिस्टक्स इज मेकिंग क्रिप्टो असबल यहाँ पर आपको इसने पूरा बताया हुआ है प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका है जब भी हम क्रिप्टोकरेंसी करेंसी uh, ओपन करेंगे तो इसका फ्रंट पेज इस तरह से कुछ नजर आएगा ठीक है अवर वैल्यूज़ इनके वैल्यूज लिखे हुए हैं सिंपल सेफ एंड कॉम्प्ली अब फाउंडर्स इनके अगर हम फाउंडर्स की बात करते हैं तो आप इनके फाउंडर्स के बारे में भी देख सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है सुमित गुप्ता सीईओ ई के हैं और नीरज खंडेलवाल को फाउंडर कोंडीसीक्स के हैं आप यहां पे जॉइनर्स कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसमें रजिस्टर करके अपनी बिट की ट्रेडिंग इस्टार्ट कर सक तो हम लोग ये आ गए हैं कॉइन डी के पेज पे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ से जाके आप कॉइन डी डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है और अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आप लोग कैसे तीन गुना पैसे यहाँ पे कमा सकते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफ़र एंड अन थ्री रिवॉर्ड यहाँ पर आप रीफ़र करके अर्न कर सकते हैं रिफर योर फ्रेंड एंड गेट इथेरियम वर्थ रुपीज़ थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड रुपीज़ तक आप यहाँ पर जो इथेरियम है इथेरियम की वैल्यू है वो तीन सौ रुपये तक को आपको यहाँ पर मिल जाएगी और वो भी जो ये चल रहा है ना रिफ़्रल ये आपका धमाका चल रहा है टिल नाइनटीन जनवरी तक चल रहा है टिल नाइन्थीथ जनवरी हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने उन्नीस जनवरी तक है आप इसमें जाइए रजिस्टर करिए और अपना बिटकॉइन ट्रेडिंग इस्टार्ट कर दीजिए अगर मैं बात करता हूँ इसकी कॉइन डी सकस की तो आप देख सकते ठीक है सिंपल आयुष्मान खुराना इसके एडिंग कर रहे हैं क्वाइंटी सिक्स लनकफ्यूज अबाउट क्रिप्टो आप यहाँ पे क्वाइं डी में आप क्रिप्टो के बारे में भी सीख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है कैसे है ठीक है यहाँ पे अगर आपके पास में कोई कोड है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं मैं वो कोड आपको नीचे दे दूंगा उसको आप अप्लाई करेंगे तो सो हंड्रेड आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगा ठीक इसके अलावा सिक्योरिटी टिप्स आपका दिया हुआ है यहाँ पर हम प्राइस पर जबाएँगे तो पे हम हाके यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ये देखिए क्या बोलते हैं सारे बिटकॉइन आपको नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले हम फ्रंट पेज पे आ जाते हैं फ्रंट पेज पे देखते हैं जो भी न्यूली कॉइन अभी लॉन्च हुए हैं एक्सप्लोर मोर एसेट्स फॉर पोर्टफोलियो ये देखिए टेरा यूएसडी अभी लॉन्च हुआ है एट्टी का ठीक है एलरॉन गोल्ड फ्लो गाला और यहाँ पर आप देख सकते टॉप गेनर्स कौन से हैं जो भी टॉप गेनर्स हैं वो आपको यहाँ पर फ्रंट पर दिखाई देंगे टॉप लूजर्स कौन से हैं टॉप लूजर्स जो, जो हैं वो भी आपको फ्रंट पर दिखाई देगा और पॉपुलर अमंग न्यू इन्वेस्टर्स जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो पॉपुलर किन चीज़ों पे किन बिटकॉइन पे वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ये फ्रंट पेज पे सारी दीवाए इन पे आप अपना क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं तो हम यहाँ पे चलते हैं प्राइजेज़ में प्राइजेज़ में देख सकते हैं कि हमारे पास में हम ऑल कॉइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे ऊपर से नीचे तक आपको जिस कॉइन में भी ट्रेडिंग करनी है उस कॉइन के बारे में आप नॉलेज गेन करिए और उस पर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है चौबीस घंटे का एक्सचेंज आप देख सकते हैं ट्वेंटी आवर्स का एक्सचेंज यहाँ पर आपको मिल रहा है अगर आपको वन डे ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्वेंटी आवर्स पर लगा लीजिए ठीक है उस पर आप ट्रेडिंग इस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और इसको आप माई वॉच लिस्ट में जो कॉइन पे आपको भरोसा है जिस कोइन को लगता है आपको उस पर ट्रेडिंग करनी चाहिए उस कॉइन को आप माय वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हैं इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट ये आपका ऑर्डर्स हो जाएगा ऑर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो जो आपने कोइन लिए होंगे ठीक है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी माई इन्वेस्टमेंट पर आप चले जाएँगे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल इन्वेस्टमेंट मैंने अभी सारे पैसे इसमें लगा दिए हैं ठीक है अकाउंट सेटिंग करनी है सिक्योरिटी प्राइस अलर्ट प्राइस अलर्ट मैंने कहा था ना प्राइस अलर्ट आपको लगाना है जिस भी कॉइन पे लगाना है आप यहाँ पे बिटकॉइन कॉइन आप कितना प्राइज़ इंटर कर दोगे मान लो पाँच का प्राइज़ आप इंटर कर दोगे क्रिएट प्राइज़ एलर्ट जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर प्राइज एल्ट लग गया ठीक है फाइव का अब जैसे ये फाइव हंड्रेड आएगा तो वो आपको नोटिफिकेशन एक मिल जाएगा यहाँ पे आप रेट रेटिंग कर सकते हैं प्लस आपका यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है इनवाइट एंड अन थ्री रिफ़ल धमाका भी चल रहा है तो आप यहाँ से जाके आप इसको रिफ़र करिए रिफ़र करने के बाद में आप यहाँ पर तीन सौ रुपये का इथेरियम जो है वो आप मुफ्त पा सकते हैं ठीक है तीन सौ रुपये का इथेरियम मुफ्त आ सकता है उससे आप ट्रेडिंग इस्टार्ट कर दीजिए तो इससे अच्छा ऑप्शन और अच्छा बेनिफिट अभी आपको नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा है कों डाउनलोड करके आप उसमें ट्रेडिंग इस्टार्ट करने का अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप इसका नॉलेज गेन कर सकते हैं ठीक है आपको यूट्यूब चैनल पे क्रोम पे हर जगह इसके बारे में पता चल जाएगा ठीक है क्वाइन डीसीएक्स क्या है और क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसे इसमें ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वैसे जनरली आजकल सभी लोग जान हैं कि ट्रेडिंग क्या है क्रिप्टो करेंसी क्या है क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रही है तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई हो और आपको लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों